हेलो गाइस गुड मॉर्निंग बांग्लादेश सर्वर में नया नया स्पिन आया है हम आज बांग्लादेश सर्वर पे हैं और ये देखिए नया सर्वर इस पर फाइव गेम्स पे मिल रहे हैं मैं स्केटबोर्ड लेजेंड्री स्केटबोर्ड बोर्ड और वाव और समर में ये देखिए मंडल इस पे फाइव फाइव सिक्स गेम खेलने पर पूरा पूरा ट्रस्ट मिल रहा हो इतना है? बैक पैक मिल रहा है वो भी आठ हजार डेली मिशन कंप्लीट करने पे इस पर सटरडे आठ को गाड़ी स्किन एंड मैनी क्या हुआ नाइन तो देखिए देख लिया इवेंट पे ये देखो एक सन खेलने पर हम आपको दिखाते हैं अपने आने वाला नया सर्वर क्या हुआ हेलो हेलो हेलो फिर क्यो? से आ रहा है ये देखिए अपने इंडियन सर्वर पर कुछ ही दिनों बाद नया कोबरा बंडल आने वाला है एंड कोबरा की स्किन ब्लू वाली स्किन स्किन भी आ, आ, आ आने वाली है दोस्तों ये वाओ व्हाट मैजिक वाओ क्या वंडल है ये ये ग्रोजा की स्किन नाइनटी डॉमंड से अच्छा तो अपना इंडियन सर्वर सरवरी है और उस पर सस्ती तो मिलती है फिस्ट का कलर वाओ न्यू फिस्ट का कलर फ्रेमिंग फिस्ट और क्या बात है न्यू ए के बैग पैक वो